नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है जनाधार में नाम जन्मतिथि लिंग परिवार की श्रेणी चाती में एक से अधिक परिवर्तन के नए संशोधन आदेश आ गए हैं जो संशोधन के लिए जो अपील लगाई जाएगी उसका हमने पिछला जो वीडियो बनाया था लास्ट टाइम उसमें देख लिया था वो अपील किस तरह से लगेगी अब इनमें जो संशोधन होंगे नाम जन्मतिथि लिंग और परिवार की श्रेणी में तो इसमें क्या क्या आवश्यक दस्तावेज चाहेंगे उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा उसको अपने एक बार देख लेते हैं जन्म तिथि के लिए जो आवश्यक दस्तावेज होंगे जन्म प्रमाण पत्र दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र आधार कार्ड पासपोर्ट मतदाता पहचान कार्ड और पैन कार्ड होंगे ये छः के छः दस्तावेज जन्म तिथि में लगाए जा सकते हैं इसके अलावा नाम नाम में करेक्शन करवाना है तो उसके लिए फ़ोटो पहचान कार्ड होगा आधार कार्ड होगा पैन कार्ड होगा पासपोर्ट होगा मतदाता पहचान कार्ड होगा बैंक या डाक धक्की पासबुक होगी उनके द्वारा नाम में अगर करेक्शन होना है तो ये दस्तावेज आवश्यक रूप से लगाएं। लिंक के लिए इसका मेल का फीमेल फीमेल का फी मेल इस तरह से कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो इसमें केवल एक स्वयं घोषणा ही काफ़ी होगी स्वयं घोषणा कर सकते हैं इसके अलावा परिवार की श्रेणी या जाति के लिए स्वयं के जाति प्रमाण पत्र परिवार में माता पिता या भाई बहन में किसी एक का भी जाति प्रमाण पत्र लगा दें ये दस्तावेज आवश्यक रूप से लगाएँ ताकि आपकी जो अपील है वो अधिकारियों के लेवल से स्वीकृति आ सके और आम जनता को राहत मिल सके उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा धन्यवाद